साइंस के कुछ कमाल के मैजिकल ट्रेक जिनको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं लास्ट वाली ट्रिक बहुत ही काम की है पहली ट्रक में आपको एक आलू लेकर दो भागों में काट लेना है और एक साइड के भाग के तीन छोटे छोटे फीस कर लेने हैं थ्री स्टैक लेकर कुछ इस तरह से लगा लेना है जब पहली स्टैक की नोक को दूसरे स्टेक के नोक पर रखोगे तो देखोगे की वो एकदम ही बैलेंस हो जाएगा जो देखने में काफी अच्छा लगता है ट्रेक नंबर दो नॉर्मल तरीके ऐसी बोतल ऐसी पानी निकालने में बहुत समय लग जाता है वही अगर आप बोतल को थोड़ी घुमाकर पानी निकालोगे तुरंत ही निकल जाएगा इससे भी फास्ट पानी निकालना चाहते हो तो एक छोटी सी पाइप लेकर बोतल आरोप कुछ इस तरह से बांध लेना है जब आप बोतल को उल्टा करेंगे तो पानी इतने फास्ट निकल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते ट्रिक नंबर थरी जानने से पहले अगर आप अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके पास कोई पतला सा कांच है अगर आपको उसे काटना है तो आप उसे पानी में डालकर कैची के सहारे धीरे धीरे परफेक्ट शेप में काट सकते हो कौन सी ट्रिक अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताए तुम मिलते हैं अगली वीडियो में